नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में मैं रतन सेन भारती आज हम बात करेंगे प्रवासी मजदूरों को लेकर कोरोना महामारी के दौर में दूसरे प्रदेशों से आने वाले श्रमिकों की पहचान की जा रही है बिहार सरकार संसाधन मंत्री ने जिलों के श्रम अधिकों के साथ ही अगले सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे बिना पहचान के छोटे छोटे पेशे में कार्यरत कारीगरों को प्रशिक्षण देकर दक्षता प्रमाण पत्र देने का काम जल्द शुरू किया जाएगा इसके लिए विभागीय स्तर आरोप कार्य योजना बनाई जा रही है आपको बता दें की राजमिस्त्री पेंटर लोहार बढ़ाई इलेक्ट्रीशियन नाई बिल्डर प्लम्बर मूर्तिकार बुनई सिलाई कटाई करने वाले कारीगरों को दस्ता प्रमाण पत्र देकर उनका निबंधन भी कराया जाएगा इस बाबत श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण कार्य विभाग कृषि विभाग समेत अन्य विभागों में सहयोग से श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई जाएगी इसमें आपदा प्रबंधन विभाग और उद्योग विभाग द्वारा स्किल मैपिंग कराकर कुशल व अ श्रमिकों का डाटा बैंक तैयार कराया जाएगा ताकि विभिन्न भी योजनाओं से श्रमिकों को रोजगार दिलाया जा सके उन्होंने बताया कि डेयरी पोल्ट्री मखाना केला वलीची समेत कृषि के क्षेत्र की अन्य फसलों के उत्पादन व उसकी प्रोसेसिंग ऐसी श्रमिकों को भी दक्षता प्रमाण पत्र दिया जाएगा प्रत्येक जिले में दो कारीगरों को सप्ताह भर का प्रशिक्षण दिया जाएगा फिर उन्हें कुशल कारीगर होने का दस्ता प्रमाण पत्र दिया जाएगा दो तक राज्य के 10 लाख पेशेवरों को प्रशिक्षण देकर दक्षता प्रमाण पत्र देने का लक्ष्य है नेशनल सेक्टर स्किल काउंसिलिंग ने दक्षता प्रमाण पत्र देने संबंधी कार्यक्रम को सहमति दे दी है योजना के दायरे में आने वाले कारीगरों को काउंसिल द्वारा प्रमाणीकरण करके उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा ऐसे में कारीगरों का कार्य स्थल निबंधन भी कराया जाएगा इसमें प्रशिक्षण पाए कारीगरों का एक डाटा बैंक भी तैयार हो जाएगा और फिर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ के दायरे में भी लाया जाएगा आपको बता दें पिछले साल यानी की साल 2020 में भी लॉकडाउन के दौरान करीब 20 लाख ,00 श्रमिक बिहार आए थे ऐसे में उस समय भी बिहार सरकार ने लोगों से उनके कार्य के बारे में पूछा था ऐसे में अब देखना है कि बिहार सरकार कब तक दूसरे राज्यों से आए कामगारों को रोजगार दिलवा पाती है आपको बता दें कि पिछले साल चौदह लाख मजदूरों के खाते में तीन तीन दिए गए थे इसके अलावा मनरेगा में सौ दिनों की रोजगार गारंटी की सुविधा मिलेगी ये भी बात कही गयी थी श्रमिकों का डाटा तैयार किया गया था जो लोग बिहार में काम करना चाहते है उनके लिए प्रोत्साहन राशि भी गई थी दिवेश कुमार ने कहा कि कोरोना के समय दूसरे राज्य से बिहार आने वाले मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जा रही है सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आरंभ की है इसके तहत उन्हें इस समेत कई ऐसी योजनाएं हैं जो बिहार में वर्तमान में चालू है और वो जो है प्रवासी मजदूरों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है अभी कई ऐसी योजनाएं है जिसमे ये बात कही जा रही है की जो प्रवासी मजदूर आएंगे उन्हें दस लाख रूपए की जो है राशि दी जाएगी ताकि वो बिहार में अपना एक उद्योग शुरू कर सके बिहार सरकार के श्रम मंत्रालय की तरफ से लगातार इस तरह की सामने आ है, कि जो छोटे कामगार है वो बिहार में ही रहे और अपने प्रवासी मजदूरों को बिहार में ही रहने के लिए कह रही है ताकि जो है वो बिहार से बाहर ना जा सके और इस पैनिक की स्थिति में लगातार उन्हें आने जाने से बचा जा सके तो ऐसे में हम ये देख रहे हैं की बिहार सरकार लगातार छोटे कारीगरों को जो है वो बिहार में रखने की कोशिश कर रही है उन्हें एक रोजगार मुहैया कराने की कोशिश कर रही है जिसके तहत उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग या फिर कृषि विभाग हो इन सारे विभाग या फिर उद्योग विभाग हो स्किल डेवलपमेंट हो इन सब चीजों को लेकर जो है बिहार सरकार लगातार प्रवासी श्रमिकों को बिहार में रखने की बात कह रही है तो ये थी प्रवासी श्रमिकों को लेकर खबर बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ मुझे दीजिए इजाजत धन्यवाद